हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक अहम फैसले की एक ऐसा फैसला जो सीधे सीधे करोड़ों भारतीय छात्र छात्राओं के भविष्य में एक नया बदलाव लेकर आने वाला है दरअसल इस फैसले से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यूजी में एडमिशन के लिए अब ट्वेल्थ के अंकों को आधार नहीं बनाया जाएगा बल्कि यूजीसी इसके लिए एक अलग से परीक्षा कराने जा रही है इस विषय में विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये फैसला लिया है इस साल केंद्रीय विश्वविद्यालय और उनके कॉलेजों में एडमिशन के लिए बारहवीं की कक्षा के अंकों को आधार नहीं माना जाएगा बल्कि छात्रों को अलग से परीक्षा देनी होगी और उस परीक्षा में जो रैंक आएगी उसके आधार पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिए जाएंगे भारत में करोड़ छात्र कक्षा की परीक्षा देते हैं। सबसे पहले यूजीसी के इस नए फैसले के विषय में जान लेते हैं दोस्तों यूजीसी ने कहा है जो छात्र भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अलग से एक परीक्षा देनी होगी दोस्तों इस परीक्षा का नाम है ओमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट यानी सी यू ई टी हमारे देश में इस समय कुल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब होता है ये यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये फैसला भी इन्हीं यूनिवर्सिटी और इनके मान्यता प्राप्त कॉलेजों पर लागू होता है आपकी जानकारी के लिए बता दें जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो इस फैसले के दायरे में नहीं आएंगी यदि आप केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब वहाँ आपको बारहवीं के अंकों को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी बल्कि इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एग्जाम देना होगा दोस्तों आपको बता दें यूजीसी ने ये फैसला क्यों लिया है दोस्तों भारत में औसतन डेढ़ करोड़ छात्र बारहवीं की परीक्षाएं देते हैं और ये परीक्षाएं अलग अलग बोर्ड के माध्यम से आयोजित की जाती हैं जैसे सी बोर्ड आई बोर्ड इसके अलावा हर राज्य का अपना अलग अलग शिक्षा बोर्ड होता है और इस सभी शिक्षा बोर्डों में सलेबस प्रश्न पत्र की जटिलता और अंकों का मूल्यांकन भी अलग अलग पैरामीटर पर होता है जैसे कुछ बोर्ड में छात्र बड़ी आसानी से बड़े अच्छे नंबर लाते हैं जबकि कुछ बोर्ड में इतनी सख्ती होती है कि छात्रों को 80 परसेंट मार्क्स स्कोर करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है इसके बाद जब ये छात्र किसी एक विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए जाते हैं तो ज़्यादा नंबर लाने वाले छात्रों को दाखिला पहले मिल जाता है जबकि कम नंबर वाले छात्र पीछे रह जाते हैं जबकि दोनों के अंकों का मूल्यांकन अलग अलग शिक्षा बोर्ड के आधार पर होता है और विश्वविद्यालय में एडमिशन पाने के लिए ये बात मायने नहीं रखती कि, कि किसने कितने नंबर पाने के लिए कितना परिश्रम किया है इसलिए यूजीसी को लगता है कि यू में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम से सभी छात्रों को बराबरी का हक मिलेगा ये फैसला उन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होता है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं जैसे दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली का सेंस स्टीफन कॉलेज यहाँ दाखिले के लिए भी यही एग्जाम अनिवार्य होगा और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात इस फैसले से से आरक्षण आरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो कोटा पहले से लागू है उसे बरकरार रखा गया है दोस्तों यह एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित किया जाएगा यही एजेंसी जेई और नीट की परीक्षा का भी आयोजन करती है इस एंट्रेंस टेस्ट को देने के लिए छात्रों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है वह अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पर इस एग्जाम को दे सकेंगे यह परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी और इस परीक्षा में बारहवीं क्लास के सवालों को ही पूछा जाएगा यह परीक्षा तेरह भाषाओं में दी जा सकती है जैसे इंग्लिस हिंदी गुजराती तमिल पंजाबी मराठी तेलुगु कन्नड़ मलयालम उर्दू आसमी बंगला, उड़िया। इस टेस्ट को तीन हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला हिस्सा छात्रों की पसंदीदा भाषा के आधार पर तैयार होगा। दूसरे हिस्से में छात्रों की किसी एक विषय में योग्यता के आधार पर होगा और तीसरे हिस्से में सामान्य ज्ञान मानसिक योग्यता बुनियादी गणित जैसे विषयों के बारे में सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इस परीक्षा में पहला टेस्ट सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा जबकि दूसरा और तीसरा टेस्ट छात्रों के चयनित विषय पर निर्भर करेगा आपको अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बैलाइकन को भी प्रेस कर लेना क्यूँकी हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेकर आते रहते हैं इस वीडियो के अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद